मज़िल पाना तो बहुत दूर की बात है मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है अगर दूर में रहोगे तो रास्ते भी न देख पाए